नवरात्रि पर्व के चलते मानपूर्ण दरबार में प्रज्वलित अखंड ज्यूतिया वही शहर के मुख्य मार्ग से धर्म प्रेमी महिलाओं ने निकाली भव्य चुंडी यात्रा नजर आया धर्म में वातावरण केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासन एवं नीति आयोग के प्रभारी आये विदिशा दौरे पर कुछ स्थानों पर पहुंचे निरीक्षण करने माधवगंज शिवालय के पास स्वर्गीय प्रफुल्ल शाह की स्मृति में हुआ प्याऊ का शुभारंभ शहर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जन रहे उपस्थित अब खबर विस्तार से नवरात्र पर्व के चलते महिला मंडल द्वारा मुखर्जी नगर स्थित माँ के दरबार में अखंड ज्योतियाँ प्रज्वलित की गई हैं। मां के श्रृंगार की, की सामग्री भेंट की गई। वहीं भजन संकीर्तन के दौरान मां के दरबार में महिलाओं द्वारा नृत्य भी किया गया धर्म प्रेमी महिलाएं मां की भक्ति में लीन नजर आईं। आगामी तीन मई को अक्षय तृतीय के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा तैयारियों को लेकर भगवान पंचायत के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान धर्माधिकारी गिरधर शास्त्री श्याम सुंदर शर्मा राकेश शर्मा मनोज पांडे कमल सलाहकारी दीपक तिवारी सहित ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व युवा जन मौजूद रहे और इस अवसर को हम अत्यंत धूमधाम से जैसा कि आदरणीय शास्त्री जी ने कहा विप्र ब्रह्म दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाए ये बहुत अच्छा सुझाव है और आप सभी भगवान परशुराम जी की जयंती का महामहोत्सव इस वर्ष हम ब्रह्म दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं परशुराम चौक से जो भगवान का शोभा यात्रा चल समारोह निकलेगा उसको हमारा यह प्रयास होगा कि भव्य की भव्य वो चल समारोह रहे उसमें पूरे जिले और आसपास के ज़िलों के भी लोग ब्राह्मण लोग आएँ अपनी भारतीय वेशभूषा में धोती और कुर्ता पहन करके के तिलक लगा करके के आए अपने भवनों पर भरसराम जयंती के दिन ध्वज लगाएं अपने अपने घरों पर ग्यारह ग्यारह 21 21 दीपक लगाएँ शंख झालर बजाएँ और इस वर्ष हम सम्पूर्ण विद्यार्थी जगत का आवाहन कर रहे हैं वह परशुराम जी का सुंदर से सुंदर चित्र बनाएं उस चित्र के परीक्षा विप्र शिरोमणि भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का महोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाए इस हेतु ये मीटिंग यहां पर आहूत की गई है यहां पर विप्र समाज के सभी वर्गीय अध्यक्षों के साथ विप्र समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर उपस्थित तो होने वाले हैं जिनके मार्गदर्शन में ये उत्सव मनाया जाएगा आगामी बैशाख शुक्ल तृतीया जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं उस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम परंपरा के अनुसार मनाएंगे पिछले दो वर्षों में करोना काल के कारण हम ये उत्सव नहीं मना पाए इसलिए इस वर्ष ब्राह्मण समाज में और खास करके युवा लोगों में अपार उत्साह है कि दो साल के विराम के बाद हम फिर इस उत्सव को अभूतपूर्व ढंग से मनाने जा रहे हैं माधवन चौराहे पर शिव शिवकांत के सामने स्वर्गीय प्रफुल्ल की स्मृति में चलो आज कुछ अच्छा करते हैं ग्रुप के प्रमुख दीपेश शाह द्वारा प्याऊ का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला सहित अतुल शाह एवं नगर के प्रबुद्ध उपस्थित रहे भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझेगी बेटा जाओ कोविड कोविड तो आ, hmm. नहीं गिलास नहीं है बेटा गिलास अपन दे रहे हैं तो गवर्नमेंट एक तो साफ नहीं हो चलो चले भी जाए साहब पता ही नहीं चला साफ नहीं साफ क्यों हो सरकार चला यार बहुत खूब चला यार समझदार हो इधर इस साइड से इस साइड आना लगे जिंदा वाले बात है शादी तो चेंज करवाने के लो था था। तो वो, करें। आ, वो अब मैडम को ये बताना चाहूंगा मैंने चार जगह नहीं छह जगह लगाई है और ये खुद दीपे शाह अपने पिताजी और उनके चाचा जी की स्मृति में हर साल कराता है मैडम की दीपे शाह श्री प्रफुल्ल शाह की स्मृति में नवयुवक संगठनों द्वारा यहाँ प्याऊ का उद्घाटन किया गया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और विदिशा जो शहर है वो तो बुद्धिजीवियों का शहर है और यहाँ सभी लोग समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं आशा से प्रेरणा लोग प्रेरणा लेकर लोग और भी अधिक जगह पर जल सेवा प्रदान करेंगे जैसा कि देखने में आ रहा है काफ़ी भीषण गर्मी हो रही है तो जगह जगह पर के पानी के साथ साथ पक्षियों तो के पानी के भी प्रबंध यदि लोगों के द्वारा किया जाए तो ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य होगा गिरी भाई साहब जी के परिजनों द्वारा भाई दीपेश जी भाई समीर जी द्वारा इस विदिशा शहर में अनेक प्रकल्प सामाजिक आप चलाते हैं और सबसे अच्छा जो इनका प्रकल्प है वो है प्यासों को पानी पिलाना ऐसी भीषण गर्मी में वास्तव में प्रमुख छः स्थानों पर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि ये तो नगर निकाय का काम है मगर न, नगर निकाय से बढ़कर कई बार नगर निकाय फैल जाता है नगर निकाय भी कई जगह प्याऊ प्रारंभ करता है मगर समय पे कई बार भर नहीं पाती मगर ये जो प्याऊ आप संचालित करते हैं ये समय पर बढ़ती है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है आपके द्वारा जो तो है अनेक प्रकल्प सामाजिक समाज के बीच में जो आपके पूर्वज तो रहने आपके स्वर्गीय पिताजी प्रकुल जी और भाई गिरीश जी वो भी सामाजिक सरोपार से जुड़े रहे थे उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनके बच्चे भी ये पुनित कार्य कर रहे हैं मैं पूरे शाह परिवार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ ईशा की एक प्रतिष्ठित अनाज व्यवसायी परिवार मोहनजी कल्याण जी परिवार के स्वर्गीय प्रबुल शाह एवं स्वर्गीय श्री गिरीश शाह की स्मृति में उनके परिजनों समीर शाह और द्वीप शाह द्वारा नगर के छः प्रमुख स्थानों पर शीतल जल निःशुल्क उपलब्ध कराने का शुभारम्भ आज पुलिस अधीक्षक श्रीमती मल्लिका शुभला जी एवं नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन जी वो तो प्रांत गणमान्य नागरिकों के करो से संबंध सहा परिवार का विधि शाह सामाजिक सरोकारों में बहुत बड़ा योगदान है मैं दिव्येश शाह समीर शाह और सभी परिवारों के उज्ज्वल नवरात्र की चलते कि स्थित श्री रघुनाथ मंदिर से चुनरी यात्रा प्रारंभ हुई जो देवी का बाघ स्थित माँ के दरबार में पहुंची बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं चुनरी यात्रा में शामिल हुई और धर्म का लाभ लिया गया ये जो कला जो यात्रा निकली थी चुनी यात्रा कहाँ से निकली थी कहाँ से महिला द्वारा भक्तगढ़ द्वारा प्रारंभ हुई है जो मुख्य मौसम होती हुए ये देवी आई क्या उद्देश्य था इसका इसका सभी लोगों की इच्छा थी सभी का प्रेम था आज हम यहाँ पर सब लोग ये मोर्चा शिवसेना महिलाओं की तरफ से माता की चिल्ली हम लोगों ने निकाली हुई है और तो इसमें हम लोग सब लोग माताएं बहने सब लोग मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम... केंद्रीय संचार मंत्रालय के प्रशासक एवं नीति आयोग के प्रभारी हरिंजन राव का दौरा विदिशा के विकास खंडों के ग्रामो में हुआ श्री राव हासुआ में ओ सी केंद्र व ग्राम भाटनी की आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुँचे उनके साथ प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे तो तो से बच्चे अरे इतना सा करते हो भेजते सर सर नहीं यही होता है कार्ड कार्ड टेस्ट नमस्कार सर मैं बी बीवार तो तो को को इधर यस जापान? नो सर सर सर सर सर सर मुझे लगा कि है है है नमस्कार नमस्कार से दैनिक वेतन कर्मचारी स्थायी कर्मी श्रमिक महासंघ द्वारा दैनिक भीतन भोगी कर्मचारियों की लंबित मूलभूत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया एको, एको। हम अपना अधिकार एकता एकता भारत माना मधु जी किस संस्था से हैं आप और क्या मांग है आप लोगों की भारतीय मजदूर संघ संबद्ध एक महासंघ हमारा जिसमें एक कर्मचारी अपने मध्यप्रेस कार्यरत कर्मचारी देने वहासंघ है स्थाई कर्मी लोग हैं उसका महासंघ है संबद्ध भारतीय मजदूर संघ है हमारी सास सूत्री मांगे अपन आज हाँ, पूरे प्रदेश में दे रहे हैं जिसमें पुरानी बहाली जो हो गई है और हम मांग करते हैं माननीय मुखर्जी जी से कि यहाँ भी हमारे स्टेट में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए जिसके लिए कई विधायक अपने माननीय विधायक जी वगैरह ने सबने लिख के लगभग कितने ऐसे कर्मचारी होंगे करीब में एक लाख के समथिंग कर्मचारी हैं कुछ कैसे कर्मचारी जिनको स्थायी कर्मी नहीं बनाया गया देवन भोगी हैं वर्षों से काम कर रहे हैं अन्य मिल रही है विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश दैनिक वेतनभोगी एवं कार्यभारित कर्मचारी महासंघ की विभिन्न मांगों को लेकर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं जिला अस्पताल के सामने सामाजिक संगठनों द्वारा भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्याउल तो खोल दी गई है लेकिन खाली मटके कैसे लोगों की बुझाएंगे प्यास जरूरत है जिम्मेदारियां निभाने की प्यासे की प्यास बुझाने की मटके तो हैं लेकिन खाली कपीर जी कहाँ रहते हैं आप पूरनपुरा यहाँ पर कहाँ पर आए आप दादी को लेके आए हैं अस्पताल यहाँ पर जो प्याऊ खुली है अपनों आसरा अपनों का जी तो यहाँ पर मटके कैसे दिख रहा है आप मटके कहाँ देखते हैं इनमें पानी नहीं, नहीं है सर तो यहाँ पर पानी जो पानी पीने लोग कहाँ जाते होंगे ये दुकानों पर जाते हैं जो रखे रहते हैं क्या उनके पास तो अंदर पीते होंगे जी कहाँ पर आए आप हम बहुत यहाँ पर जो तो प्याऊ इसके बारे में है इसके बारे में में के हुए नहीं तो आप लोग पीने लिए है गर्मी इतनी पड़ रही है जाते पानी की परेशान हो रही है कोई बाहर जाए अंदर आज के अगर आप ये वीडियो फेसबुक आरोप देख रहे हैं तो लाइक जरूर करे और ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करे धन्यवाद